जिसके साथ शाम चलता है वो घबराता नहीं है और वो पुकारे शाम को शाम ना आए ऐसा होता नहीं है पकड़ के मुझे चला ले हार गया मैं इस दुनिया से अब तो बाबा या शाम तुम्हारी शरण में आया यार बहुत थे बिलदार बहुत थे तुम जैसा ना तो जा पाया रोते रो पर मेरे साथ है तेरा साया जिन पर तेरी कृपा हुई है वो ही समझे तेरी माया जग की माया झूठी सारी जग माया से बचा ले हार गया मैं इस दुनिया चला मैं तेरे भरोसे संग लेकर परिवार सांवरे मेरे घर का बच्चा बच्चा करता है तुझे प्यार सांवरे मैं निर्धन इस दुनिया से अब तो बाबा गले लगा ले मैं चलते चलते अब थकने लगा हूं मैं चलते चलते अब थकने लगा हूँ वहां पकड़ के मुझे चला ले हार गया मैं इस दुनिया से